हाय फ्रेंड्स मैं हूं रवि और आज मैं मेरे गाँव कले एक्सेल क्लास नंबर ट्वेंटी और इस क्लास के अंदर देखेंगे यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके आगे है उनके सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के अंदर हम डेटा फिल करेंगे और उसके बराबर यहां पे हैं टोटल मार्क्स इसके टोटल मार्क्स लिखाएंगे यहाँ परसेंटेज लगानेंगे ग्रेड लगानेंगे इसके हिसाब से थ्री हंड्रेड से ज्यादा तो ग्रेड ए है अगर मार्क्स टू हंड्रेड से ज्यादा और थ्री हंड्रेड से कम है तो ग्रेड बी है टू हंड्रेड से कम है तो फेल है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली किसी से इंटरव्यू में पूछा गया था इस इसलिए में इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लिया और राइट सुस ये जैसे नीचे करता हूं कंट्रोल डी यहां पे लिखा अंत परसेंटेज इसको सेलेक्ट कर, तो कर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज करने के लिए एंटर कर दें 500 500 कंट्रोल डी और अभी हम निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शन का एक फंक्शन को यूज करेंगे यहां करता है इस सेल पर डबल क्लिक करता है ये नंबर 200 से कम है तो क्या वैल्यू इज टू में क्या करेंगे फिर 200 से कम है। वैल इफ करने इफ फॉल्स का लॉजिकल फंक्शन में क्या करें जी थ्री में फिर हम लॉजिक लॉजिकल लगाएंगे नंबर थ्री हंड्रेड के अंदर है तो क्या है थ्री के अंदर नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या ग्रेड बी फिर यूज करते हैं अगर जी थ्री अगर ये नंबर है 300 से ज्यादा रहा थ्रेड जिससे याद आ रहा 300 याद आ था यहाँ पर देता हूँ फेवरेट दी करेंगे चुप्पा नंबर चेंज हैं ये नंबर सारे एक से मैन यहाँ पर हम कर देते हैं थ्री हंड्रेडीडे आ गया अगर हम करते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं तो इस तरह से, तो से मार्केट का जो डिटेल्स की डिटेल्स हम इस तरह से बना सकते हैं जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया किसी से उसके बाद क्या करते हैं किस बेस पे हमें ये मार्क्स का जो टोटल है ये लिखाना तो वो कौन लिखाना सीट नंबर टू पर पे पे तो हम यूज करेंगे इसको सेलेक्ट कर डेटा को सेलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स तक कर लेंगे टोटल मार्क्स तक नोट कर कौन सा टोटल मार्क्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है तो आप लेवन जीरो हमारा डेटा गया तो तो, तो, तो तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज कर दीजिए और तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर दीजिए थैंक यू वॉच मिनट आज के लिए सिर्फ इतना ही